मशरूम की सब्जी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे चार हरी मिर्ची ली है 12 लहसुन की करिया ले, ले लेंगे छिली हुई और आधा कप धनिया पत्ता ले लेंगे तो हमें क्या करना है कि इन तीनों को पहले क्रश कर लेना है मिक्सर में नहीं पीसे आप इसे अदरक कूटने वाले बर्तन में ही कूट लें तभी सब्जी का जो टेस्ट है वो बहुत अच्छाता है अलग रेसिपी है आप इसे एक बार ऐसे जरूर बनाए तो यहाँ पे पहले मैंने लहसुन और हरी मिर्च को कूट लिया है अब हम इसमें डाल देंगे ये धनिया पत्ता आप चाहिए तो अदरक भी डाल सकते हैं मैं इस सब्जी में अदरक का इस्तेमाल नहीं करती हूँ तो यहाँ पे इन तीनों को हम अच्छे से ऐसे क्रश कर लेंगे जैसे ठेचा बनाते हैं ना वैसे ही ये चटनी बना लेनी है ये देखिए ऐसा थोड़ा सा मोटा रहेगा तो भी चलेगा अब हम क्या करेंगे मशरूम को अच्छे से धो लेंगे तो मैंने यहाँ पे 400 ग्राम मशरूम लिए हैं मशरूम को पानी से रगड़ के धो ले और उसके बाद हम इसे काट लेंगे तो अगर आपको डंठल नहीं पसंद है तो आप इसे कट करके निकाल सकते हैं नहीं तो आप इसे ऐसे कट करें तो यहाँ पे ना ये वाली मशरूम की सब्जी हम प्रेशर कुकर में बनाएंगे तो मशरूम के छोटे टुकड़े आपको नहीं करने हैं अगर मीडियम साइज़ के मशरूम है तो उसके दो टुकड़े करें और अगर बड़े हैं तो आप उसके तीन या चार मैक्सीम कर सकते हैं तो यहाँ पे ये देखिए ये जैसे बड़ा है ना तो मैंने इसे ऐसे चार टुकड़ों में कर लिया और अगर आपको अलग स्टाइल के मशरूम को कट करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं तो यहाँ पे मशरूम को मैंने धो के पानी में ही रखा है ताकि ये काले नहीं हो अब हम चलते हैं प्रेशर कुकर की तरफ तो प्रेशर कुकर पैन में हम चार चम्मच तेल गर्म करेंगे तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे तेज पत्ता इंच दालचीनी और आधे छोटे चम्मच जीरा तीनों के पकते ही हम इसमें डाल देंगे एक कप कटा हुआ प्याज और यहाँ पे ना प्याज हमें दो बार इस्तेमाल करना है एक बार ऐसे बारीक कटा हुआ और एक बार ऐसे चौकोन में कटा हुआ तो एक मीडियम साइज के प्याज को मैंने ऐसे चौकोन में काटा है अब हम क्या करेंगे कि इस प्याज को हम तीन से चार मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे प्याज को आप तब तक भूनिए जब तक ये गोल्डन ब्राउन नहीं हो जाए गैस का फ्लेम हमें लो मीडियम रखना है जैसे ही प्याज का कलर चेंज हो जाएगा ये देखिए प्याज को हमने बहुत ही अच्छे से भुना है ये आप देख सकते हैं तब तो हम इसमें डाल देंगे वो हरा वाला पेस्ट यानी जो हमने लहसुन धनिया पत्ता और हरी मिर्च को कूट के रखा है ना वो सारा इसमें डाल देंगे इस सब्ज़ी में हम हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और लाल मिर्च का कम तो यहाँ पे चार हरी मिर्च मैंने कूट के रखी है ना तो लाल मिर्च हम कश्मीरी इस्तेमाल करेंगे और वो भी कम क्वान्टिटी में तो यहाँ पर पहले क्या करेंगे कि प्याज के साथ इन तीनों को भून लेंगे तो यहाँ पर आपको गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि ये जले नहीं एक मिनट बाद हम देखेंगे कि यहाँ पर लहसुन प्याज वगैरह सब अच्छे से भुन गया है तब तो हम इसमें डाल देंगे टमाटर तो टमाटर हमें एक कप ही इस्तेमाल करना है मतलब मैंने इस सब्ज़ी में दो कटे हुए प्याज और दो कटे हुए टमाटर का इस्तेमाल किया है एक प्याज जो स्क्वायर साइज़ था ना वो अलग से है तो टोटल तीन प्याज आपको इस्तेमाल करना है तो यहाँ पर टमाटर को अच्छे से मिला दें अब हमें टमाटर को भी पका लेना है तो जब भी आप कोई सब्ज़ी बनाए ना तो अगर ऐसे बराबर बराबर सबको पकाएँगे अलग तो सब्जी का जो मसाला का टेस्ट होता है वो बहुत ही अच्छा आता है तो यहाँ पे टमाटर को हमने सॉफ्ट कर लिया है ये आप देख सकते हैं तब हम इसमें आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डाल देंगे एक छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच जीरा पाउडर एक छोटी चम्मच धनिया पाउडर आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे और इन सबको अच्छे से मिला देंगे अब हम मसालों को प्याज टमाटर के साथ धीमी आज पर दो से तीन मिनट तक पकने देंगे आप चाहिए तो यहाँ पर पैन को कवर कर दें या फिर अगर मसाला आपका पैन में चिपक रहा है तो थोड़ा सा पानी ऐड कर सकते हैं तो यहाँ पर मसालों को हमने प्याज टमाटर के साथ अच्छे से भून लिया है ये देखिए तब तो हम इसमें डाल देंगे मशरूम तो मशरूम को हमने पहले से काट के पानी में ही रखा था तो डायरेक्ट पानी से ऐसे निकाल के आप इस सब्जी में डाल दें मशरूम डालने के बाद हम क्या करेंगे इसमें नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार जितनी आपको सब्जी में चाहिए मैं यहाँ पे डेढ़ छोटे चम्मच नमक का इस्तेमाल कर रही हूँ मिला देंगे हम जैसे ही मशरूम आप मसालों में ऐड करेंगे ना तो मशरूम से मॉइस्चर रिलीज होता है तो तुरंत सब्जियों में ना ऐसे पानी दिखने लगेगा आपको तो यहाँ पे गैस का फ्लेम मीडियम रखना है और मीडियम फ्लेम पे आपको एक से डेढ़ मिनट तक मशरूम को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स करना है वैसे तो मशरूम बहुत जल्दी पक जाता है और इसे ना अलग से फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है मशरूम अगर फ्राई करेंगे ना तो तेल में पानी आने लगेगा तो यहाँ पर मशरूम को मैंने एक मिनट भून लिया है तो हम प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करेंगे तो प्रेशर कुकर का ढक्कन बंद करने से पहले ना हम इसमें डालेंगे दो से तीन साबुत लहसुन अगर आपको लहसुन नहीं पसंद है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं लेकिन ये साबुत लहसुन जो है ना वो इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट लेके आता है साथ में ही ये जो कटा हुआ प्याज था स्क्वायर में वो डाल देंगे और इसे ऐसे मिलाते हुए एक मिनट के लिए हाई फ्लेम पर हम भून लेंगे तो यहाँ पर लहसुन दोनों को पकाना नहीं है प्रेशर कोकर में जब हम इसे सीटी लगाएंगे ना तो ये खुद ही पक जाएगी बस हल्का सा इसे भून लें मसालों के साथ और यहाँ पे आप देख सकते हैं ना कि मशरूम में अभी तक हमने पानी नहीं डाला है तो अगर आपको सूखी सब्जी पसंद है ना ऐसी वाली तो आप इसमें पानी नहीं डालें आप इसे ऐसे ही पका सकते हैं बिना ढक्कन के 10 मिनट देंगे आज भी लेकिन हम यहाँ पे थोड़ी करी वाली बना रहे हैं तो हम यहाँ पे एक कप के करीब पानी डाल देंगे पानी डालने के बाद हम इसे अच्छे से मिला देंगे नमक हमने पहले ही डाला है तो नमक डालने की ज़रूरत नहीं है और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम क्या करेंगे कि प्रेशर कुकर को बंद करेंगे और हाई फ्लेम पर हम इसे चार सीटी आने तक पकाएँगे जैसे ही चौथी सीटी लग जाएगी हम गैस को बंद कर देंगे और उसके बाद प्रेशर कुकर को ख़ुद ही ठंडा हो जाने देंगे उसके बाद खोलेंगे तो यहाँ पे चौथी सीटी लग गई है गैस को बंद कर देते हैं और प्रेशर कुकर को खुद ही ठंडा हो जाने देंगे बीच में आप इसे नहीं खोलें जब प्रेशर कुकर ठंडा हो जाएगा तब हम इसे इस ऐसे सावधानी से खोलेंगे और ये हमारी मशरूम की बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी जो है वो बनके तैयार है ये आप देख सकते हैं कितना बढ़िया कलर है और जबकि लाल मिर्च हमने कितना कम इस्तेमाल किया था हरी मिर्च का जो टेस्ट है वो इसमें बहुत अच्छा इनहेंस हो गया था तो जब भी आप सब्ज़ी बनाएं तो कोशिश करें लाल मिर्च की जगह हरी मिर्च का इस्तेमाल करें और यहाँ पर नहीं ये सब्ज़ी गर्म है तो इसकी ग्रेवी थोड़ी थिन लगेगी लास्ट में हम क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर एक चम्मच बटर डाल देंगे बटर इसमें बहुत ही ब्रिलियन टेस्ट लेके आता है अगर आपने नहीं बनाया तो एक बार आप इसे बटर के साथ जरूर बनाएँ तो सब्जी जैसे जैसे ठंडी होगी वैसे ही ग्रेवी की थिकनेस जो है वो बढ़ती जाएगी तो ये हमारी मशरूम की सब्ज़ी जो है वो बनके तैयार है तब हम चलते हैं इसे सर्व करने के प्रोसेस में तो यहाँ पे ग्रेवी का कलर और टेक्सचर देख के आप समझ सकते हैं और टेस्ट तो पूछी मत मतलब ये रेसिपी अगर आपने बना ली ना तो मशरूम से आपको प्यार हो जाएगा मतलब हर दिन आप चाहेंगे कि आपके घर में मशरूम ही बने बहुत ही अमेजिंग बहुत ही ब्रिलियंट टेस्ट वाली मशरूम की इस रेसिपी को आप एक बार मेरे तरीके से जरूर बना के देखें ये सब्जी आपकी फैमिली को बहुत पसंद आएगी अगर आज की ये रेसिपी ट्राई करने के बाद पसंद आए तो इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर जरूर करें